उसके जाने का अफसोस क्यों करें हमने अपने दिल खुद तोड़ा है उसने हमें नहीं हमने उसे छोड़ा है उसकी हरकतें रुकने वाली नहीं और हमारी मोहब्बत झुकने वाली नहीं